सिंगरौली में विधायक राम लल्लू और महापौर महा रानी अग्रवाल ने सड़कों का भूमि पूजन किया इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष और कमिश्नर सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे जय स्तम रोड का लगभग तीन करोड़ की लागत से नव निर्माण किया जाएगा इसका भूमि पूजन विधायक रामल्लू बैस और महापौर रानी अग्रवाल ने किया इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे वही इस दौरान विधायक रामल्लू बैस और महापौर रानी अग्रवाल ने लोगों को बताया कि विकास के लिए सतत प्रयास पर सड़क सड़क बनाने का कार्य किया जाएगा, जिससे के साथ इस सड़क से आने-जाने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ऐसे अवसर पर मध्य प्रदेश के विकास की कड़ी को आप देखेंगे तो अनेकों रोज आपको दिखेगा कि नया इतिहास होगा और सिंगरौली को तो मैं नया मानता हूँ की नए विकास के रास्ते अनेकों प्रकार के आए अभी आ रहा है हमारा नया साल इसी वर्ष में मेडिकल कॉलेज मैनी कॉलेज की भूम पूजन वहाँ भी होने जा रहे हैं आने वाले समय में और सबसे स्वीकृतियाँ प्राप्त तो हो गई है इसलिए सिंगरौली जिला भी हमारा नंबर वन होगा इतना